नमस्ते सत्यकाल आदाब टेक टेक मंत्रों में आपका स्वागत है मैं विक्रम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने और सिखाने वाला हूं साइंटिफिक एजुकेशनल फेट रिलेटेड टॉपिक के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बेलाइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए जिससे हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है थैंक यू धन्यवाद आपका दिन शुभ हो